हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज की एक और न्यू वीडियो सो सुग हम दोबारा से खेलने वाले हैं सोलो वर्षिस स्कॉट सुग यहां पर हम नोवा इंडस्ट्रियल जोन के पास उतर चुके हैं और यहां पे हमारे साथ एक से दो स्कॉट उतर चुकी है आप जो बंदों की खोपड़ी खोलने वाला हूं आप देखते रहिए काफी इंटरेस्टिंग सीन हो सकता है सुग यहाँ पर नीचे की साइड एक बंदा उतरा तो है तो ये रहा बंदा तो दोस्तों अभी इस बंदे की पेटी बनाते हैं फिलहाल जी ऊपर की साइड है जो नीचे आ चुका है सो से मैं इसको इतनी देर से मारने की कोशिश कर रहा हूँ जो इधर से उधर भागे सो सुबह ये काफी देर से होशियारी झाड़ रहा है जो कि इसको लगता है जो मेरे हाथ में से बच जाए सुबह यहाँ पर ये बंदा डाउन हो जाए तो पहले इस बंदे को पूरा फिनिश कर देते है और नीचे की साइड को इसके टीम भी है हमारे इंतजार करें और इन वायर साहब ने वायर करना भी स्टार्ट कर दिया है तो दोस्तों अभी इस बंदे को डाउन करते हैं और सामने की साइड इसका टीबलेट एक और है इसको भी चैन नहीं है मतलब दो बंदे बीच में आपस में लड़ रहे हैं इस बंदे को चैन नहीं तो पहले पूछा सो इस यहां पर एक और डाउन हो गया और सामने की साइड इसका टीबलेट एक और है जिसके काफ़ी डैमेज दे तो दिया है बाकी बंदा जिस कहां गया जीरा जो कि काफ़ी हवा में उड़ रहा है तो इसको पहले डाउन करते हैं कहाँ तो सो सोएज़ सामने की साइड एक से दो बंदे और आ चुके हैं तो दोस्तों इस बंदे ने इस बंदे को नॉकआउट कर दिया है बाकी इस बंदे को अपन नॉकआउट करते हैं वरना तो ये हमको अहम नहीं कह कहाँ भाग रहे हैं सो सोइज़ यहाँ पर ये बंदा भाग चुका है इस बंदे को अभी नॉकआउट करने की बारी आ चुकी है सोइ तो तो यहाँ पर ये बंदा नॉकआउट हो चुका है बाकी अपना किल कन्फर्म करके यहाँ से बाकी किल कन्फर्म करते वरना अपन किल चोरी हो सकती है, निया है।, निया है सो so, दोस्तों यहाँ पर अपन अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अपनी किल चोरी हो चुके हैं शायद नहीं हुए नीचे की साइड बंदा है डाउन पड़ा है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी एक बंदा है जो कि हमें मारने की कोशिश में लगा है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है हमको मारेगा बॉट नुबड़ा हमको मारेगा ऐसा हो नहीं सकती हमको मार पाए सोज यहाँ पर इसकी पेटी बना चुकी है इसकी डेड बॉडी को पहले लूटते हैं और फिर उस बंदे को देखते हैं सामने की साइड बंदा आ चुका है इधर से के नीचे सोज यहाँ पर ये भी बंदा ढीला पड़ चुका है और सामने की साइड से सारी टीम मेट निकल के आ चुका है जो कि अपन को मारने की पूरी पोजीशन में है लेकिन कोई फायदा नहीं है ये अपन को मार ही नहीं पाएगा ये अपन को समझता पहलो बड़ा समझता है, है। सोज यहाँ पर दोनों बंदे नॉकआउट पड़े हैं और इनका खेल कन्फर्म करके यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर ने का फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ के सारे बंदे फिनिश हो चुके हैं और गैस यहाँ पर अपने चार किल हो चुके हैं और सामने की साइड अपना एक बंदा डाउन पड़ा है तो इसका भी किल कन्फर्म करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं सो गज़ यहाँ पर तीन से चार मिनट घूमने के बाद कोई बंदा नहीं मिला यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कोई बंदा मिलता है नहीं मिलता है सो ही सामने की साइड एक बंदा डाउन पड़ा तो है और इसका फायदा अपने पूरा उठाएंगे और इस बंदे को फिनिश करेंगे अपना किल्प बढ़ाएंगे सो गई सामने की साइड बंदा है और इस रिवर को पार करते इस बंदे को फिनिश करेंगे अरे कहाँ गया यहीं पर तो था सो यहाँ से बंदा निकल चुका है और यहाँ पर एक से दो बंदा और हैं जिसने शायद से इस बंदे को डिवाइव दे दिया इतनी देर में सुबह इस यहाँ पर पूरी की पूरी स्कॉट निकल आई है और इस बंदे को पहले डाउन करते हैं पहले एक बंदे को डाउन करेंगे बंदा को डाउन करेंगे तो अपना कल्याण यहीं पर हो जाएगा सुबह यहाँ पर एक बंदा डाउन हो चुका है सामने की साइड भी बंदा था यहाँ पर कहाँ गया सो यहाँ पर जोन आ चुका है और जोन से निकलना पड़ेगा पहले इस बंदे को फिनिश करते हैं सो so, सोईज यहाँ पर अपना किल कन्फर्म हो चुका है और यहाँ से सीधा पहले जोन से बाहर निकलते हैं अगर इसके अंदर फंस गया तो सीधा गेम से बाहर सो so, सोइज यहाँ से बाहर निकल के यार सामने साइड बंदा है और यहाँ पर अपन आ चुके हैं और, और यहाँ पे किसी के वीकल का आवाज़ आ रहा है जो कि शायद से पीछे वाली टीम में कई बंदा है जो बाइक लेकर आया है so, सोइज़ यहाँ पर इस बंदे को नॉकआउट कर दिया और पहले इस बंदे को फिनिश कर देते हैं यहाँ पर एक यह बंदा फिनिश हो चुका है और यहाँ पर अपने को डैमेज काफ़ी मिल चुका है पहले अपनी रिवाइव ले लेते हैं और सामने की साइड बंदा और आ गया कहाँ से आ आके अगर इस नोबले को अभी लौटाते हैं बीच में आएगा दुला इसको क्या लगता है जो मेरे को मार लेगा सोइ यहाँ पर ये यह बंदा काफ़ी पैर से मिल रहा है सोइ यहाँ पर यह बंदे को भी नॉकआउट कर दिया है और यहाँ पर जोन भी आ चुका है डेंजर जोन आ चुका है तो गई यहाँ पर ख़तरा है तो यहाँ से सीधा निकलते हैं आगे की तरफ़ बंदा मिलता है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं सामने की साइड बीकल पड़ा हो सोइ पहले तो अपनी फुल हेल्थ बढ़ा लेते हैं और यहाँ से बीकल उठाकर सीधा डेंजर जोन से निकलते हैं सो सुइस यहाँ पर एक प्यारी सी जंप मारकर सीधा डेंजर जो जोन से पार आ चुके हैं और यहाँ पर सामने की साइड एक और प्यारी सी जंप मारते हुए आगे निकले सो सोइज़ यहाँ पर एक बंदा है सामने की साइड और ये किसी डेंजर व्हीकल में आ चुका है और वाइस यहाँ पर हम सीधा सीधे इस घर के अंदर बाइक ले जाते हैं क्योंकि ये बंदा किसी भी वक्त अपने व्हीकल से अटैक कर देगा सोइ यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके अंदर और जैसा नाम लिया वैसे ही अपना जब वीकल लेके आओगे कहां से लेकर गया और वैसे इसके वीकल में से फायर निकल लिया अगर मैं इस बंदे के सामने गया ना तो मेरी पूरी पेतुड़ी निकल जाएगी सो इसमें इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ से बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ और सामने के साइड बंदा दिख चुका है अब इस बंदे की आ गई सो सुहे सामने के साइड बंदा दिख चुका है पहले इस बंदे को फिनिश कर देते हैं और गए साथ ही साथ इस बंदे को फिनिश कर दिया सो सोएह सामने के साइड भीकल है और इस बीकल को उठाते और यहाँ से निकलते क्योंकि यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं सो सोश यहाँ पर सामने के साइड एक बंदा आ चुका है और ये कोई ख़तरनाक सी बीकल में है जो कि हमको काफ़ी डैमेज दे रहा है सुहे यहाँ से सीधा निकलते वरना यहाँ अपना वीकल ही फोड़ देगा आगे की साइड रुक इसको मारेंगे क्योंकि यहाँ पर रुक के मारा तो अपना ही एलिमिनेट होना पक्का है सो ये यहाँ पर एक मशीन गन पड़ी है जो कि मशीनी है सो यहाँ पर कैंपिंग के साइड उतर के उसका वेट करते हैं वो अपने पीछे तो जरूर आएगा सो इस यहाँ पर ढेरों सारी मेडिकेट हैं और सामने की साइड बंदा आ चुका और आती इस बंदे ने तवाही मचा दी और गाइस पहले इस बंदे की गाड़ी को फोड़ते हैं और गाड़ी को भी फोड़ने तो ये अपना पेतुड़ी निकाल देगा पक्का भी अपनी पेतुड़ी निकाल देगा सो ये यहाँ पर जो बंदा काफ़ी देर से उलर आया है सो इस पहले इस बंदे की गाड़ी को फोड़ सही सामने के साइड बंदा इस गाड़ी से बाहर आ चुका है और इस बंदे की आ चुकी ये बंदा भी गया और यहाँ पर मेरे अलावा खाली एक बंदा बच्चा है जो कि पता है नहीं किधर है और यहाँ का जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे सोइज यहाँ पर मैं इस विकल के अंदर बैठ चुका हूँ और सामने के साइड से बंदे की आवाज़ और इस पहले इस बंदे को ख़त्म कर देते हैं सोइज़ यहाँ पर इस बंदे की पूरी गाड़ी फोड़ देते हैं सुरैज इस बंदे की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है और यहाँ पर अपना विक्ट्री हो चुका है सो सोइ अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए गुड बाय